नहीं किया है ना। भीड़ उतना अभी नहीं ना है जब स्टार्ट अभी तो उतना बोलना स्टार्ट नहीं हुआ कल खत्ता में हुआ है और उसको देखना साइकिल देख। अरे कुछ नहीं होगा साइकिल फैसन हाँ। से पास लगाया है भाई उधर साइकिल फोटो भी लेने